नाथ अनाथ को भला मिला सनजोग जो हमें तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग भक्त लाखों आप पर सर्वस निछावर कर गए भक्त लाखों आप पर सरभस निछावर कर गए हजारों पापी आपका नाम लेकर तर गए गलिका जी धी अजामिल की खबर लेनी आपने भक्ति द्वार भी मुक्त कर दिन आपने हाँ सुन ले पुकार अब तो सुन ले पुकार अब तो वो मुर्ली बजान वाले सुन ले पुकार अब तो मुली बजान वाले सुनले पुकारे अब तो मुर्ली बजाने वाले सुन ले पुकारे अब तो मुर्ली बजाने वाले सुन ले पुकारे अब तो मुर्ली बजाने वाले बिगड़ी में ना तो सबकी बिगड़ी बना दो सबके थी वो बिगड़ी बनाने वाले सुनले पुकार अब तो मुर्ली बजाने वाले सुनले पुकार प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारा प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारा हरना है कुछ कुमारा हरना है कुछ कुमारा वो भट्टी बजाने वाले सुन ले पुकारे अब तो वो मुरली बजाने वाले सुने पुकार गजराज ने पुकारा तजगरू रस धारा गजराज ने पुकारा तजगरू रस धारा जल ढूबत गज को उबारा, जल ढूबत गज को उबारा, वो बंधन छुड़ाने वाले सुन ले पुकार अब तो मुरली बदान वाले सुन ले पुकार अब तो द्रोपदी नेरी पलकी की देरी चल द्रोपदी नेरी पलकी की न देरी महाभारत कराने की आई ये अचूक घड़ी तब खेल रचाया जुए का कर्मों की हार गए सब हारे हवेली रतन जड़ी खुदिया हार द्रौपदी दार दाताओं की भारी चौड़ी दुर्जोधन दांत चबा चबा बोला बात खड़ी कड़ी अरे ंग कर दो दूर् को तोरों नार सिंगार लड़ी जब द्रोपदी नेरी ने पलकी किए न देरी जब द्रोपदी नेरी ने पलकी किए न देरी हर लग गई चीर के ढेरी लग गई चीर की ढेरी वो लज्जा बचाने वाले सुन ले पुकारे अब तो मुली बजाने वाले सुन ले पुकारे अब तो बलराम ने पुकारा को सनहारा बलराम ने पुकारा को सनहारा अरे नैया लगा दो किनारा नैया लगा दो किनारा घोसे तिरने वाले सुनने पुकारे अब तो मुरली बजाने वाले पुकारे अब तो सुन लेकारे सुन तो, बजाने वाले बिगड़ी तो, बना ले सबके बिगड़ी बना दे सब की बिगड़ी बनाने वाले सुन ले पुकार अब तो मुरली बजाने वाले सुन ले पुकार अब तो वो मुरली बजाने वाले सुन ले पुकार